नमस्कार स्वागत अभिनंदन वर्षफल 2020 के राशिफल में आज हमारी चर्चा का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों का साल 2020 कैसा बीतेगा वर्षफल 2020 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया ले करके आया है कुल मिलाकर के आठ बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे जिनमें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति उनका स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र उनकी एजुकेशन कैसी होगी शिक्षा कैसा होगा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और अंत में दर्शकों वर्षफल 2020 को प्रभावी बनाने के लिए भाग्यवर्धक उपाय की ओर बढ़ते हुए प्रोग्राम का समापन करेंगे आगे बढ़ते हैं दर्शकों लेकिन उससे पहले यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन आप लोग दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक और हमें फॉलो करिए और इस वीडियो को जम करके के दर्शकों शेयर कीजिए और ये शेयर रुकना नहीं चाहिए तो दर्शकों देखिए जैसे जैसे जो है नया साल आने वाला होता है हमारी अपेक्षाएं रहती हैं हम लोग सोचते हैं कि नया साल क्या कुछ लेकर के आया है क्या वृश्चिक राशि के जातकों का बिजनेस ग्रो करेगा क्या बिछड़ा हुआ साथी साल दो में आपसे मिलेगा नए साल में कब करें एक नई शुरुआत किस्मत कब देगी आप सबका साथ कब आपके बिगड़ेंगे हालात तो और कब बनेंगे इन सभी विषयों पर आज हम प्रकाश डालेंगे और दर्शकों देखिए आपकी जो उम्मीद है जो काम आपके अधूरे 2019 में छूट गए हैं उनको भी जो है क्या कहते हैं कैसे पूरा करना है 2020 में तो अंत तक इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर आप इसको स्किप भी कर देंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी आप भगा के भी देखेंगे तो कई चीज़ें आपकी छूट जाएंगी तो दर्शकों वृश्चिक राशिफल दो हज़ार के अनुसार इस राशि वालों के कुछ अटके काम इस साल पूरे हो सकते हैं जिससे जातकों को कुछ राहत मिलेगी वहीं जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये साल अनुकूल रहेगा ये साल वृश्चिक राशि वालों के लिए कई ऐसे मौके लेकर के आया है जो मन को प्रसन्नता देने वाले होंगे पहली बात तो शनि की साढ़े साथी आपकी उतर रही है जनवरी में ही तो सबसे ज़्यादा आप लोग खुश हो जाइए ये साल आपके लिए दुखों से मुक्ति का साल होगा वे अर्चने जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी इस साल दूर हो जाएगी इस साल के पहले महीने के अंतिम हफ्ते की शुरुआत में शनिदेव आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे जी हाँ जो तीसरा भाव होता है ये पराक्रम का होता है इसके बाद देवगुरु बृहस्पति तीस मार्च को तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे और चौदह मई को वक्री हो जाएंगे और इस वक्री अवस्था में जून के अंत में पुनः दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 13 सप्तम भाव, उसके बार, उसके बार भाव में आ जाएगा इस साल आप कई यात्राएं देखिए कर सकते हैं और इन यात्राओं से आपको बहुत ही शुभ फल मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा रहेगी इस साल आप अपनी फैमिली के साथ किसी पर्यटन स्थल पर जा सकते हैं तो चलिए दर्शकों ये तो था एक हमने जो है आउटलाइन कर दिया लेकिन अब चलते हैं अपने जो है मोटो की ओर वार्षिक राशिफल 2020 के मुताबिक इस वर्ष आपके जीवन के किस मोड़ पे आप पहुँचेंगे कहाँ पहुँचेंगे हर क्षेत्र के बारे में हम आपको बता बताते हुए चल रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है ये आती है कैरियर कैरियर के लिहाज से वार्षिक राशिफल दो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कहता है तो देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए 2020 हजार कैरियर के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा वर्ष के आरंभ में किसी नए काम की शुरुआत इस राशि के जातकों के द्वारा की जा सकती है वहीं यदि कोई नौकरी की तलाश कर रहा है तो उन्हें कोई नौकरी की भी जो है प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है इस साल तो वैसे आपका भाग्य आपका साथ देगा लेकिन इसके बावजूद भी कार्यक्षेत्र में आप कुछ असंतुष्ट रहेंगे क्योंकि आप के अंदर जितनी एनर्जी है जितनी मेहनत है जिस हिसाब से आप लोग काम करते हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है इस वजह से आप लोग खुद को कुछ संकुचित बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं इस साल आपका अचानक स्थानांतरण होने की संभावना है जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है लास्ट ईयर भी आपका जो है ट्रांसफ़र हुआ इस साल भी हो सकता है अगर आप यह बात समझ लें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है तो आपके मन की खिन्नता दूर हो सकती है इस साल कोई नया रोज़गार आप जो है पार्टनरशिप में चालू कर सकते हैं शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको लाभ मिल जिसके चलते आप जीवन में देखिए आगे बढ़ेंगे आपका ट्रांसफर होगा ठीक है साहब लेकिन आपको प्रमोशन भी मिलेगा आपको सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिलेगा यह चीजें भी आप समझिए उच्च अधिकारियों के साथ इस ये साल कुछ गर्मा गर्मी वाला रहने वाला है पदोन्नति के तमाम योग बन रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के भी योग बन रहे हैं इस साल आप खुद को ज्यादा रचनात्मक पाएंगे और आपकी रचनात्मक शक्ति जो है ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए इस साल काफी अच्छा रहेगा हालांकि वर्ष के अंत में आपको जोखिम भरे काम कुछ करने पड़ सकते हैं प्रॉपर्टी में पैसा लगाना इस साल अच्छा रहेगा आप लोग कहीं प्लॉट खरीद सकते हैं कहीं पर जो फ्लैट इत्यादि आप खरीद सकते हैं गैस से रिलेटेड पेट्रोलियम और तेल का कारोबार करने वाले लोगों के लिए ये साल अच्छा रहने वाला है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों से रिलेटेड वर्क करते हैं बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये साल लाभ की स्थिति लेकर के आया है आर्थिक स्थिति पर चलते हैं तो आर्थिक राशिफल 2020 की गणना बताती है कि ये साल वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है ये साल आप काफी धन का संचय भी कर पाएंगे इस साल आप अपने भाई बहनों पर धन खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं साल का उत्तरार्ध आर्थिक स्थिति के लिए सबसे अच्छा रहेगा बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी ऐसे व्यक्ति को उधार ना दें जिसपे आप विश्वास नहीं करते हो क्योंकि धन वापस मिलने की संभावना बहुत कम रहेगी इस साल यदि आप कैश का लेनदेन कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा कि ट्रांजेक्शन में करिए अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा वृश्चिक राशि के जात को राशि फल दो हजार बीस के मुताबिक तो है, है तो इस साल आप उसे चुका सकते हैं कुल मिला करके देखा जाए तो ये साल आर्थिक मामलों के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है कोई नया वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन होगा जिसमें आप धन देते हुए नगर आएंगे पारिवारिक पारिवारिक जीवन जीवन की की बात करते हैं तो तो भविष्य कथन 2020 की माने तो इस साल आपका सुखमय रहेगा हालांकि केतु के सितंबर तक दूसरे भाव में उपस्थिति कभी कभी तनाव का कारण बना सकती है और खास करके ससुराल पक्ष से तनाव करा सकती है वहीं दूसरे भाव में बृहस्पति देव की स्थिति के कारण घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है इस साल अपने पिता का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस साल कुछ डगमगा सकता है आपके घर में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है यदि अभी तक आप संतान से वंचित थे तो संतान का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है शनि और बृहस्पति की स्थिति समाज में मान सम्मान दिलाने में इस साल आपको मदद करेगी इस साल परिवार के साथ आप लोग जो है अप्रैल में और जून में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं कोई धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है साथ ही साथ इस साल आप कोई सामाजिक कार्य भी करेंगे राशिफल दो हज़ार के अनुसार वृश्चिक राशि के जातको आप अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय आप लोग ले सकते हैं जिसमें आपको साहस जुटाना पड़ेगा जून के बाद का समय अच्छा रहेगा और परिवार में शांति का कुछ माहौल बना रहेगा आपके रिश्तेदारों से आपकी सुखद मुलाकात हो सकती है इस साल आपके भाई बहनों से आपका रिश्ता और ज़्यादा मजबूत और प्रगाड़ होगा अब चलते हैं एजुकेशन की तरफ शिक्षा की तरफ लेकिन दर्शकों शिक्षा पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक शिक्षा देना चाहते हैं और आप ही तमाम दर्शकों के लोगों की मांग थी कि पंडित जी हमने फला पंडित जी से पूजा कराए हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन ये गलत चीज़ है दर्शकों आप लोग पैसा खुद देते हैं और बाद में पंडित जी को ब्लेम करते हैं पंडित जी यदि कुछ बोल रहे हैं यूट्यूब पर या फेसबुक पर तो आप के पास कॉमन सेंस है आपकी अपनी बुद्धि है दिमाग है इनको कभी तो आप लोग प्रयोग में लाइए भाई आप यहां बैठे हैं हजार दो हजार किलोमीटर दूर पंडित जी बैठे हैं आपकी ग्रह शांति कैसे कर देंगे राहु के केतु आपका कैसे शांत कर देंगे पंचमी के दिन कौन सा ऐसा वो करेंगे कि आपका जो है क्या कहते हैं काल सर्वदोष शांत हो जाए पूजा पाठ के लिए पंडित जी बगल में बैठे आपके संकल्प कराएं विधवत पूजा कराएं संस्कृत की वर्तनी की अशुद्धि ना करें तब आपके ग्रह शांत होंगे और ग्रहों का जाप बेहतर रहेगा कि पंडित जी से ना करवाइए आप लोग स्वयं करिए तब उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेगा बीमार साहब आप हैं तो दवा आपको खानी पड़ेगी ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है अकाठ सत्य है बाद में पंडित जी चिकनी चुपड़ी बातें बोलेंगे आप उनके बातों में आएंगे 10 15 बीस पच्चीस हजार उनको दे देंगे पंडित जी की तो बल्ले बल्ले हो गई आप परेशान हो गए ये भी ग्रह ही कराते हैं दर्शकों तो इनसे आपको बचना रहेगा देखिए हम भी ज्योतिषी हैं हम भी कुंडली देखते हैं चार्ज लेते हैं लेकिन हमारा क्या काम होता है एक बढ़िया सा ट्रैक तैयार कर देना एक आपको दिशा देना आपको भविष्य के बारे में अवगत कराना कि भाई यहाँ यहाँ जो है आपके जो है जीवन में बाधा आएगी इस इस महीने में आएगी इस इस वर्ष में आएगी इनसे आएगी इनसे, आएगी, इनसे आपको सावधान रहना है बाकी ज्योतिषी अपना भाग्य नहीं बदल सकता तो आप लोगों का क्या बदलेगा तो इन सब चीज़ों से देखिए दर्शकों बच के रहिए फालतू के पैसे आप लोग मत करिए बहुत ज़्यादा पैसा पैसा हो आपके पास तो अपने जन्मदिन के दिन आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए गोद ले लीजिए उसके जो है आप पालन पोषण का खर्चा उठाइए उसके एजुकेशन का आप खर्चा उठाइए आप में संतोष मिलेगा जो पंद्रह बीस पच्चीस हजार आपके डूबे होंगे उससे तो आप मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे लेकिन इधर एक आप पुण्य काम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह आपको जो है आशा की अनुभूति होगी करके देखिएगा अच्छा लगेगा खैर पैसा आपका रुपया आपका जहाँ मर्जी हो आप लोग लुटाइए जहाँ मर्जी हो खर्च करिए लेकिन हमारा काम था आपको सच्चाई से अवगत कराना तो ऐसे झूठ और कपटी जोशियों से दूर रहिएगा जो मीठी मीठी बातें बोल करके आपको अपने जाल में फंसाते हैं एजुकेशन की ओर चलते हैं शिक्षा की ओर चलते हैं तो भविष्य फल दो हजार बीस वृश्चिक राशि के स्टूडेंट यदि आप हैं तो ये साल थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहने वाला है बहुत ही मेहनत के बाद आपको सफलता नसीब होगी हालांकि वृश्चिक राशि के जो जातक टेक्निकल फील्ड में हैं, तकनीकी क्षेत्र में हैं उन्हें इस साल सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत मल्टीप्लाई बाई फोर करनी पड़ेगी शिक्षा राशिफल 2020 के अनुसार 30 मार्च से 30 जून के बीच उच्च शिक्षा की चाह रखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा इस दौरान हाइयर एजुकेशन के लिए आपको आगे बढ़ने के तमाम मौके मिलेंगे आप लोग जा सकते हैं अध्यापन फाइनेंस और कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस दौरान जो छात्र मन लगा करके देखिए पढ़ेंगे मेहनत करेंगे तो उनके रिजल्ट और नतीजे बहुत अच्छे आएंगे चलते हैं प्रेम संबंध की ओर कि वृश्चिक राशि के जातकों का वर्ष जो है साल 2020 में प्रेम संबंध कैसा रहेगा तो लव राशिफल या लव प्रशन दो के अनुसार ये साल वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा जो सिंगल हैं क्योंकि इस साल आपके जीवन में कोई नए शख्स की जो है दस्तक हो सकती है एंट्री हो सकती है जिससे लंबे समय तक आपके प्रेम संबंध बने रहने की उम्मीद है कुछ लोगों को प्रेमी जीवन में कठिन निर्णय भी लेने पड़ेंगे आपको सलाह दी जाती है किसी भी प्रेम संबंध में आगे बढ़ने से पहले अच्छी तरीके से सोच विचार कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि आप पहले से ही किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने साथी को पूरा सम्मान दीजिएगा समर्थन दीजिएगा मेंटली टॉर्चर मत करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस साल कुछ लोगों की जो दोस्ती चली आ रही है मेल फीमेल में वो प्यार में प्रणित होती हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग प्यार को अपने शादी में भी इस साल तब्दील जो है कर सकते हैं उनका विवाह हो सकता है लेकिन घर वालों की मर्जी उनकी नहीं रहेगी प्रेम राशिफल 2020 की भविष्यवाणी के मुताबिक 13 मई से 25 जून के मध्य आपके प्रेमी जीवन में कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है अब देखिए हमने 13 मई से 25 जून बताया तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना ज्योतिशी यही दर्शकों बताता है तो इस दौरान आपको ठंडे दिमाग से फैसला लेना होगा अपनी जो है शब्दों का चयन स्वस्थ शब्दों का चयन करेंगे तो ठीक रहेगा और ब्रेकअप से बचिएगा देखिए धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका टूटे से फिर ना गाठ पड़ जाए यदि एक बार गांठ पड़ जाएगी ना तो फिर मजा नहीं आएगा कोई पुराना प्रेमी फिर से दस्तक दे सकता है कुल मिलाकर के देखें तो ये वर्ष आपके प्रेम की संबंधी संभावनाओं के लिए भरा हुआ है जिसमें आप अपने प्रेमी से मिल सकते हैं अब अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं हेल्थ की ओर कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ तो स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा तो वृश्चिक राशि के जात को दो हजार बीस स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य रहेगा हालांकि आपका ब्लड प्रेशर और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहेगा आप मानसिक रूप से कुछ परेशान रहेंगे इस साल आप खुद को फिट रखने के लिए योग और शारीरिक व्यायाम का सहारा लीजिए तो ठीक रहेगा इस वर्ष के पहले माह के बाद आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आने शुरू होंगे लेकिन मई माह में किसी पुरानी बीमारी की वजह से आपको परेशानी बढ़ सकती है आपके ताको जो है पेन रहेगा घुटनों में जो है दर्द रहेगा और हाथों में दर्द रहेगा गठिया इत्यादि की शिकायत हो सकती है कुछ छोटी मोटी दिक्कतों का सामना इस वर्ष करना पड़ सकता है जैसे आंतों का संक्रमण हो गया पेट से जुड़ी हुई कोई बीमारी हो गई इस कारण आप गलत जो है जिसका कारण आपका गलत खान होगा यदि आप जंक फूड वगैरह से दूर रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा घर के बाहर खाने से आपको परहेज करना और अपनी दिनचर्या को सुधारिए। स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार राहु की स्थिति आपको मानसिक परेशानी दे सकती है प्राणायाम करिए राहु के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है अपनी आंतरिक शक्ति के बलबूते आप हर मुश्किल परिस्थिति से निपटते हुए नजर आएंगे इस वर्त आपको अपनी दिनचर्या सुधारने की सलाह दी जा रही साथ ही साथ फिट रहने के लिए योग और एक्सरसाइज का यदि आप सहारा लेते हैं तो ठीक रहेगा अंतिम पड़ाव आता है दर्शकों उपायों का तो कौन से ऐसे शुभ उपाय करें कि वर्षफल 2020 आपके लिए ठीक हो तो सबसे पहले जेम स्टोन का देखिए चयन करना होता है यदि हो सके तो पुखराज आप धारण कर सकते हैं तर्जनी उंगली में गोल्ड में बनवा करके पहनिएगा येलो सफायद लेकिन हमारी आपसे फिर एक सलाह है कि एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लीजिएगा बृहस्पति की स्थिति क्या है यदि आप खुद जोतती हैं तो आप लोग धारण कर सकते हैं देख लीजिएगा चलिए और क्या कर सकते हैं तो अमावस्या के दिन पालक में काला नमक डाल करके ये आपको गाय को खिलाना रहेगा जरूरतमंदों को आप लोग दवाओं का दान कर सकते हैं किसी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च इस साल आप उठा लीजिए या उनके ट्यूशन की जो भी 500 सौ हजार दो रुपए खर्च है महीने में एक बार करना है आप लोग उठाइए अच्छा रहेगा शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का आपको पाठ करना रहेगा दर्शकों पूर्णिमा का फुलमून का उपवास रखिए चूंकि वृश्चिक राशि है देखिए आपकी चंद्रमा नीच का होता है तो वृश्चिक राशि होती है तो पूर्णिमा का फुलमून का उपवास रखिए और फुलमून वाले दिन आपके ब्लड में नमक नहीं जाना चाहिए सूर्य देव को नित्य अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए प्रतिदिन पहली रोटी आप गाय को दीजिए और रात में जो रोटी बने कुत्ते को डालने की आदत डाल दीजिए कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले एक लौंग और थोड़ा सा गुड़ बाइट करके आप जो है मुँह में रख के जाइए ज्यादा बेटर रहेगा तो ये तो था हमारा उपाय अब दर्शकों जाते जाते आप लोगों से वही अपील करेंगे कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं यदि आप नए हैं या पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब बगल में बना बेल आइकन दबाइए नौ वर्ष की असीम शुभ जो है शुभकामनाओं के साथ आप सभी को छोड़े जा रहे हैं मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार